दुनिया का सबसे बड़ा जहरीला सांप किंग कोबरा को कहा जाता है किंग कोबरा की लंबाई करीब 13 फीट हो सकती है जिसकी पहचान बड़ा फन है किंग कोबरा का साम्राज्य भारत से लेकर इंडोनेशिया तक फैला हुआ है इनकी चार प्रजातियों का पूरी दुनिया पर राज है जो किंग कोबरा की प्रजातियों का शाही वंशज है इस इकलौते साम्ब के चार चार अलग अलग रूप देखे जा सकते हैं क्रॉस ब्रीड होने के बाद किंग कोबरा का अलग भयावह और जहरीला रूप दिखता है दुनिया में मिलने वाली किंग कोबरा की चारों प्रजातियों को अभी तक कोई आधिकारिक नाम नहीं मिला है लेकिन इनको दक्षिण पश्चिम भारत का पश्चिमी घाट वंश भारत और मलेशिया का इंडोमलायन वंश पश्चिमी चीन और इंडोनेशिया का इंडो वंश और फिलीपींस में मिलने वाला लूजॉन आइलैंड वंश के नामा से जाना जाता है आइए जानते हैं किंग कोबरा के बारे में हुए हैरान करने वाले खुलासे के बारे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में इवोल्यूशनरी इकोलॉजिस्ट और इस स्टडी के शोधकर्ता कार्तिक शंकर का कहना है कि यह हैरान करने वाली बात है कि किंग कोबरा की कई प्रजातियां है क्योंकि यह सभी एक ही तरह के दिखते हैं स्टडी में कहा गया है कि यह इलाके के मुताबिक व्यवहार करते हैं समानताएं होने के बाद भी यह बड़े भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं उहरण के तौर पर फिलीपींस में मिलने वाले को